अंतिम सत्य क्या है एक बार गौतमी नाम की स्त्री अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई वह बुद्ध के पास जाकर अपने बच्चे को जीवित करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी बुद्ध ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि वह किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाए जिसके घर में कभी कोई मृत्यु न हुई मृत बालक को छाती से चिपकाए गौतमी घर घर घूमती फिरी लेकिन सभी जगह उसे एक ही उत्तर मिला कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो तब उसे यह बोध हुआ कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है उसने सौ की अंतिम क्रिया कर दी और तुरंत बुद्ध के दर्शन पाने के लिए निकल पड़ी भगवान बुद्ध ने उसे मृत्यु का शोक करने के बजाय उस स्थिति का चिंतन करने का सुझाव दिया जिसमे पहुंचने पर जन्म ही न हो जन्म के अभाव में मृत्यु की संभावना स्वयं समाप्त हो जाएगी ज्ञान की बातें सुनकर गौतमी धन्य हो गए।